से का कमी नहीं में ना जाने कितने हैं हैं दिखते तो ये मेरे ही बेटे बात की थी ना फोन पर फिर भी तूने वीडियो में मूत दिया कसम से जिसको जताया मैंने तू आज भी उसके सामने त्यार, राम नाम है है पाप पर तू धब्बा अपने बाप का का ना हुआ तो सीन का क्या होगा कहते मुझे डोगा गेमिंग जैसे फोन रोका, करता रहे का प्रॉफिट जवाब हाथ करू साफ ये मेरा से ओल्ड तक सा भाई बवाल क्यों भाई आ गया सवाद जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर पेशे से लेखक कमी नहीं में जयपुरी जयपुरी जयपुरी जयपुरी जयपुरी ना जाने कितने माथे से लगाओ मुझे जैसे लोगों को अजमेर दर का ना किसी की परवाह में मैं तो बस एक चरवा जो बना दरबा या तो तुम हो शैतान या तो बनू मेरे मेहमान तुम भगवान या हैफा टंगा रख ल या भावनाओं में बह जा तो उड़ेगा तेरा भेजा लटकेगी नाड़ी से कुचल दूंगा भाई की खत्म करूंगा झोपड़ा तोड़ा तेरा ढाई दिन पीने में मजा ना आता है फर्क ना पड़ता की तू राइट थी या शॉर्ट तेरी साइड थी मेरी भी गलत थी शायद टाइमिंग हरा में तोड़ा तेरी हाय मिन रस ना खाऊंगा समझ जा आय I मीन mean, जल मत मेरी शायनिंग झेल अपराधी